हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप अच्छे होंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो है अनलॉक टूल के ऊपर अनलॉक टूल वालों ने बहुत अच्छा अपडेट दिया गया है तो इस वीडियो में अभी आप लोगों के सामने दे रहा हूं और फुल डिटेल के साथ मैं दूंगा सबसे पहले चीज़ की कैसे डाउनलोड करना है कैसे इंस्टॉल करना है कैसे यूज़ करना है और क्या अपडेट है वो सारा चीज़ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट गाइज तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम अनलॉक के UnlockTool.net आप लिखोगे तो UnlockTool.net के साइड में आप पहुँच जाओगे उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे अगर आओ तो आप आओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके इसके अपडेट्स के बारे में सारा कुछ यहीं पे पता चल जाएगा तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो चलिए फिलहाल तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डाउनलोड पर मैं जाता हूँ डाउनलोड पर जाने के बाद ये कैसे प्रोसीजर है अनलॉक आप लिखोगे तो आप इसके सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे गाइस तो और चलिए इसकी बात करते हैं तो चलिए इसके अपडेट की बात करते हैं तो अभी जो इसका वर्जन चल रहा है टू जीरो टू वन वन जीरो टू सिक्स वन ये इसका वर्जन चल रहा है फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं अपडेट हुआ है और चलिए ये छब्बीस आज हमारा जो अपडेट है वो है हमारा आज का ही है आज हमारा है ट्वेंटी सिक्स तो आप देख सकते हैं ट्वेंटी का ही अपडेट है चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए इन्होंने अपडेट क्या किया है यहाँ पे विदाउट डॉटा लॉस सबसे बड़ी चीज है फ्रेंड मैं आपको बता दू फ्लैश और विदाउट डॉट लॉस इन्होंने फैक्ट्री रेस यहाँ पे डाला है विदाउट डॉटा लॉस oppo Reno 4 Reno 5 Reno 6 oppo ए oppo ओप्पो आप ये देख सकते हैं और nokia के 30 सीरीज cpu रिलेटेड इन्होंने ऐड किया हुआ है जैसा कि आप पे पे देख सकते हो 105 ये इतने 30 प्लस मॉडल ऐड किए हुए हैं यहाँ पे और एल के भी और इनफिनिक्स के भी कुछ मॉडल और यहाँ पे बहुत सारे मॉडल यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने किए हुए हैं तो चलिए फटाफट इसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं सीधा आपको है यहाँ पे डाउनलोड पे और यहाँ पे आप कर लोगे ये तीन सोर्सेज हैं मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव इसलिए यूज चूज करता हूँ कि आपको यहाँ पे फाइल जो है बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है इसलिए गूगल ड्राइव बाकी आप यहाँ पे गूगल ड्राइव डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा डाउनलोड नाव पे भी क्लिक कर देंगे तो भी आपका डाउनलोड होना बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे अभी सत्ताईस सेकंड के अंदर हमारी जो फाइल है वो हमारी कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगी तो इसीलिए मैं फ्रेंड अपने वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या अपडेट था वो सारी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की कि यहाँ पे विदाउट डाटा लॉस बहुत बड़ी बात है कि आ, आप यहाँ पे मतलब बड़ी बात तो ठीक है क्योंकि टूल है पैड है पैसे वर्जन है तो तो चलेंगे ही चलेंगे स्पेक्ट्रम और मीडाटेक सीपीयू यहाँ पे नोकिया के 30 प्लस फोन ऐड हुए हैं गाइज और यहाँ पे अनलॉक टूल डॉट नेट बहुत ही अच्छा टूल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो फिलहाल चलिए हमारा टूल हो चुका है डाउनलोड अब हम चलते हैं इसके लोकेशन पे अब यहाँ पे सीधे हम करते हैं यहाँ पे डबल क्लिक इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो ये टूल आपका खुलेगा नहीं तो आपका ये टूल नहीं खुलेगा चलिए यहाँ पे विम कर देते हैं मिनिमाइज तो अब थोड़ा सा करते हैं वेट और हमारा ये खुल जाएगा टूल और यहाँ पे जो इसका अपडेट है बहुत अच्छा अपडेट है और ये सारी चीजें अभी हमारा टूल ओपन हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये ना कि कोई डोंगल से चलता है कोई अगर कोई भी नया देख रहा है इस फील्ड में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पैलाइकन दबा रहे जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा करेंटली मिलते रहेंगे तो ये देख रहे हैं इन्होंने बता दिया कि अभी कुछ कमेंट आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबर या हमारे स्टूडेंट्स के कि सर हमारा लॉगिंग नहीं हो रहा है बार बार अपडेट हो रहा है तो भाई जाकर के आप न्यू वर्जन को डाउनलोड करो ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो और उसके बाद करो ऑटो अपडेट के चक्कर में ना पड़िए आप ऐसा करिए अगर आप ऑटो अपडेट के चक्कर में टाइम भी लग जाता है कभी कभी तो आप सीधा साइड में जाइए और बहुत ईजी तरीके से उसका दोबारा नया सेटअप डाउनलोड कर लीजिए तो मैंने वही किया मैंने उसको पुराना वर्जन भी था मैंने उसको यूज नहीं किया मैंने वहाँ पे जो भी अभी का वर्जन था मैंने यूज कर लिया है गैस और ये बस मेरा इतना ही अपडेट था छोटा सा अपडेट था बिग अपडेट अनलॉक टूल के बारे में कैसे उसको आ, मैंने बताया कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है कैसे उसको क्या क्या अपडेट आया मेन अपडेट तो बिग अपडेट यहाँ पे भी था आप देखिए जैसे ही हमारे टूल का इंटरफेस खुल गया तो ये सारी अपडेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी तो ये मिला है फ्रेंड ओप्पो रैनो थ्री रैनो फोर रैनो फाइव रैनो सिक्स के वेरियंट में तो चलिए फटाफट चलते हैं ओप्पो में जो इनका अपडेट है तो देख लेते हैं ओप्पो में जाने के बाद अभी हम देखिये पूरा टैब है मैं अभी बात करूंगा थोड़ी सी क्योंकि हर वीडियो में करता हूं तो थोड़ी सी यहां भी कर लूंगा तो चलिए ओप्पो के सीधे रेनो 6 ओप्पो का मॉडल ही सीधे सीधा डाल देते हैं ओप्पो रेनो 6 ये मैंने 6 को प्रेस कर दिया तो देखिये यहाँ पे हमारा रेनो सिक्स आगे यहाँ पे फाइव है फोर है ब्राउन है ईडीएल मतलब यहाँ पे कॉलकम सीपीयू लगा हुआ है स्नैप और यहाँ पे लगा हुआ है के का लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा रेनो सिक्स जेट फाइव है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्रॉन यहाँ पे फैक्ट्री सेट और यहाँ पे फैक्ट्री सेट ब्रॉन दिखाई दे रहा है इससे आपका डाटा चला जाएगा डाटा आपका नहीं बचेगा कैस ये जो फॉर्मेट आपका दिखाई दे रहा है सेफ फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है बस आपको सेलेक्ट करना है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चालू हो जाएगा और रही बात डेमो और यहाँ पे भी आप ओप्पो आईडी जैसे ओप्पो आईडी डी लग जाती है तो भी आप उसको इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं फिलहाल मैं कर देता हूँ स्टॉप अब आपको फोन को सीधा कनेक्ट करना था फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम फोर की बात करें या फाइव की बात करें तो सेम प्रोसीजर है सारी चीज तो हम यहाँ पे फाइव को भी सेलेक्ट कर लेते हैं रेनो फाइव फाइव जी तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है मतलब आप यहाँ से इजी तरीके से गाइस Without डॉटा loss आप यहाँ पे अनलॉकिंग कर सकते हैं बाकी उसके बाद अगर एफ आर पी रिमूव कर सकते हैं अगर उसमें किसी प्रकार का आई लगता है तो आप आई डी रिमूव कर सकते हैं अगर वहां पे कोई डेमो है तो आप यहाँ से भी डेमो रिमूव कर सकते हैं बहुत ही बेस्ट टूल है अभी का ये चल रहा है ट्रेंडिंग टूल जैसा कि आप जान सकते हो और हम इसके थोड़ी सी फीचर्स और अब जान लो बाकी MI, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, V, Meizu, Tecno, Asus, LG, Nokia, Lenovo, Qualcomm, MediaTek, Android, Apple और यहाँ पे Infinix और Spectrum. Spectrum की मैं बात करूँ क्योंकि मैंने काफी टाइम से स्टूल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी तो ये बहुत अच्छा टैब हो गया पहले केवल एक ही बटन आपको देखने को मिल रहा था फ्लैश का पर यहाँ पे गाइज आपको अमेजिंग यहाँ पे आप जैसे अगर हम बात करें सैमसंग की ले लें ले, आप सैमसंग तो है ही नहीं कोई बात नहीं यहाँ पे हम जेनरिक भी ले सकते हैं बाकी कॉल पैड और आईटेल वाईटेल आई जो भी होते हैं यहाँ पे कीपैड वाले या फिर जो भी मॉडल्स हैं अब बहुत अच्छा दे दिया है कि आप अपना सीधा मॉडल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सीधे एफ आर रेस का ऑप्शन आ गया अगर कोई भी फोन आपको फॉर्मेट नहीं होता है तो आप यहाँ पर फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं और यहाँ पे आप पैक फाइल को देकर के यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं और प्राइवेसी पासवर्ड को भी रिसट कर सकते हैं तो ये बहुत बेस्ट टूल अभी के डेट में बहुत ही अच्छा है अमेजिंग तो गाइस ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो बट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और इसके जो अपडेट्स हैं सारे अपडेट्स यहाँ पे अपने वेलकम पेज पे आप देख सकते थे कि वेलकम पेज में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है तो ये एमआई का पेज है एमआई के भी फॉर्म वेयर आप बहुत इजी तरीके से डाउनलोड करते हैं तो बताने के लिए तो मैंने और भी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है तो और आप हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हो पर आपने लास्ट लिंक तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलैकन दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइज तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी फिलहाल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है टू तो ये सारी चीजें काफी यहाँ पे बहुत बेटर से बेटर बनाती हैं यहाँ पे चाहे वो स्पेशल टॉक्स हो चाहे वो जेनरिक हो यहाँ पे इसका कैसे हमने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कैसे आप यहाँ पे केजी लॉक को रिमूव कर सकते हैं तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में